चैनल म्यूजिक वर्ल्ड फॉर यू में आपका स्वागत है हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषाओं के सबसे हॉट बीट्स वाले हमारे पार्टी डांस मैशअप के साथ अपने दिल से डांस करने के लिए तैयार हो जाइए हमारा हाई एनर्जी मैशअप आपको हिलने डुलने की गारंटी देता है तो अपने डांसिंग शूज पहन लें और चलिए इस पार्टी को शुरू करते हैं।